इंदौर में तीन दिन चलने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा प्रधानमंत्री भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं ये काम 2026 तक पूरा हो जाएगा केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इंदौर की तारीफ की उन्होंने कहा इंदौर न केवल देश का सबसे स्वच्छ शहर है बल्कि ये बड़े दिल वालों का भी शहर है तीन दिन तक चलने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन में सत्तर देशों के बत्तीसौ प्रवासी भारतीय शामिल हो रहे हैं सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि और सूरी नाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोषी विशेष अतिथि है युवा प्रवासियों से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत के युवा दुनिया से हमें जोड़ने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं ये आपसे रिश्तों का ही असर है की चौतीस मिलियन भारतीय आज विदेशों में है प्रधानमंत्री इसलिए कहते हैं हमारा खून का रिश्ता है पासपोर्ट का नहीं समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है आत्मनिर्भर भारत का आने वाले कल में भारत को ज्ञान शक्ति अर्थ शक्ति बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2026 तक भारत पांच ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनेगा या इंदौर में तो झगड़ा हो रहा था झगड़ा इस बात का की जब आ रहे हैं तो होटल में का हम अपने घर ठहराए तो हमारे घर ले चल सचमुच में आप सब आए मैं हृदय की गहराई से क्योंकि मध्यप्रदेश है देश का दिल हार्टलैंड ऑफ इंडिया और आपने हमारे दिल के टुकड़े अतिथि देवो भवा की परंपरा का निर्वाह करते हुए हम एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि इनोवेटिव आइडिया आया लेकिन आइडिया पर्याप्त नहीं है उसके लिए रोड मैप उस रोड मैप पर चलने के लिए परिश्रम रिस्क नदी की दिशा में तैरने का करना पड़ता है। तब नवाचार के रूप में सफलता मिलती है। मैं का रहने वाला हूँ तो आपका भी मामा हुआ इंदौर में तो झगड़ा हो ही रहा था की हम आपको होटल नहीं अपने घर में ठहराएंगे अतिथि देवो भवा की परंपरा का निर्वाह करते हुए हम आपका स्वागत करते हैं जब पश्चिमी देशों में सभ्यता का सूर्योदय नहीं हुआ था तब हमारे देश में ऋषियों ने वेदों की रिचाए रची दी थी मोदी जी वसुदेव कुटुम्बकम के मूल मंत्र को लेकर चल रहे हैं इनोवेटिव आइडिया आया, लेकिन आइडिया पर्याप्त तो नहीं है उसके लिए रोड रोडमेप उस रोडमेप में तो चलने के लिए परिश्रम रिस्क नदी के विपरीत दिशा में तैरने का साहस ये करना पड़ता है तब तो नवाचार के रूप में सफलता मिलती है और सचमुच में जब मैं नवाचार की बात करता हूँ